सिंगरौली में मिजल्स रुबेला अभियान के तहत टीकाकरण किया गया स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उप केंद्र के विभिन्न स्थानों पर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया वहीं लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए अपील भी की सिंगरौली जिले के चितरंगी में मिजल्स रुबेला अभियान के तहत टीके लगाए गए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया और गर्भवती महिलाओं का बीपी वजन और एच की जाँच भी कराई गयी चितरंगी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हरिशंकर वैश्य ने निर्देशित किया कि जाए साथ -साथ जिसके बाद हर आंगनबाड़ी केंद्र में ए एन एस की टीम भेज कर टीकाकरण कराया गया इस दौरान आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया और अपील करते हुए कहा कि सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में आकर टीकाकरण कराएं। मैं उपस्व केंद्र खुर्मुचा की के सिस्टर हूँ यहाँ यहाँ पर गांव में कर्मचारी नहीं होने के कारण यहाँ की जो सिस्टर है छुट्टी में चले जाने के कारण हम लोगों को यहाँ टीम वर्क कराया जा रहा है जिसमे तमाम उप केंद्र की वहाँ की एन एम्स यहाँ आके टीकाकरण आयोजित कर रहे हैं और इसमें अभी हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमे रूबेला रुबेला क्या मिजल्स रूबेला उन्मूलन इसके तहत हम अभी यहाँ जहाँ जहाँ एमआर आर की बच्चे मतलब मिजल्स और रूबेला के जो छुटे हुए बच्चे हैं एक साल से पाँच साल तक के जो भी बच्चे हैं छुटे हुए हैं उनको हम जाके गांव गांव में अब जहाँ जहाँ जहाँ कर्मचारी नहीं है जहाँ छुट्टियों में चली गई है वहाँ जाके हम यहाँ पर टीकाकरण कर रहे है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है